नीलांजना समाभाषम रविपुत्र छाया मार्त सम्भूतम तम नमामि शनिच्चरम जय शनिदेव दर्शको जी हाँ शनिदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है ढाई वर्ष तक की अब मकर राशि में रहेंगे साथ ही साथ जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं साथ ही साथ जो हमारे तुला राशि के जातक हैं इनकी शनि की ढैया भी अब स्टार्ट हो चुकी है वृश्चिक राशि वालों पर से शनि की ढैया पूरे शनि की साढ़े माफ करिएगा पूरी तरीके से उतर चुकी है धनु राशि के जातकों के लिए अंतिम चरण अब साढ़े का चल रहा है 25 जनवरी शनिवार दिन मेस से लेकर के मीन राशि के जातकों में क्या नवीन सवेरा लेकर के आया है साथ ही साथ आज के दिन को आपको प्रभावी कैसे बनाया इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे आगे बढ़ते हैं दर्शकों आज के पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदातिथि रहेगी ब्रह्मा वैवड़ पर आ जाइए उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रतिपदा को का कुवन नहीं करना चाहिए सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर अट्ठावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर अड़तीस मिनट पर और परिधावी नामक संबत् सर चल रहा है विक्रम संबत् दो हजार छिहत्तर सख नक्षत्र रहेगा श्रवण और करण रहेगा किस्तुधन और वपकरण योग रहेगा सिद्धि इसके अलावा शुभ काल पर आ जाते हैं तो ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से बारह बजकर उनतालीस मिनट का जो समय रहेगा ये शुभ काल का रहेगा अभिजीत मुहूर्त का रहेगा इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं साथ ही साथ अशुभ समय पर आते हैं तो राहुकाल सुबह नौ मिनट से दस मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा चंद्रदेव मकर राशि में चलायेमान है सूर्य शनि चंद्रमा सभी लोग मकर राशि में है सूर्यदेव भी मकर राशि में का सेवन उसके बात यात्रा और पहले पश्चिम की ओर आपको चार पक चलना रहेगा उसके बाद पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी रहेगी तो मेष से लेकर मीन राशि के जातकों को आज का दिन क्या लाभ देगा इस पर हम आगे बढ़ते हैं राशि फल में हमारी पहली राशि आती है तो मेष राशि के जातकों आज मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा घर बाहर आज आपकी पूछ और परख होगी कुछ आपके अंदर थकान रहेगी धन प्राप्ति का मार्ग आज आपके सुगम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता रहेगी भूमि की भवन की आवास की समस्या जो है यह आज आपकी हल होती हुई दिखाई पड़ रही है आजीविका में कुछ नवीन प्रस्ताव आपको मिलेगा वहीं आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा लेकिन संतान से कुछ आज आपको कष्ट मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो मेष राशि के जात आज आपको करना यह रहेगा कि पीपल के वृक्ष पर जाना है और जल में काला तिल डाल करके आपको जलार्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार वहीं वृषभ राशि के जात को तो भूले बिसरे साथियों से आज आपकी मुलाकात होगी उत्साहवर्धक सूचनाएं आज आपको प्राप्त होगी आज आपका मान सम्मान और व्यवसाय ठीक चलेगा आज अपनी बुद्धिमिता से आज आप सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे विकास की योजनाएं आज आपकी बनेगी निजी जनों में असंतोष हो सकता है व्यापार में इच्छित लाभ आज आपको प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको दशरथ शनि स्रोत का पाठ करना रहेगा भले ही आपकी शनि की ढैया उतर गई है लेकिन शनि देव को यदि आप साथ लेंगे तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन मिथुन राशि के जातकों भाग्योन्नति के प्रयास आज आपके सफल रहेंगे आज किसी भेंट व महंगे उपहार की प्राप्ति संभव रहेगी यात्राओं में आज, आज आपको लाभ होगा कोई नए निवेश से धन लाभ होगा जोखिम ना लीजिएगा व्यवसायिक चिंता आज, आज आपकी दूर हो सकती है स्वयं के सामर्थ्य से ही आज भाग्योन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे आज आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी किसी नए रोजगार की प्राप्ति संभव है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करिए दशरथ शनि का पाठ करिए, शुभ कलर रहेगा अन्य रहे रहे चोरी हो सकती है आज आपका धन स्वास्थ्य पर व्यय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है विवाद मत करिएगा यात्रा में अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखिएगा कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण बहुत ही ज्यादा जरूरी है की ओर आज आज आपको ध्यान देना रहेगा आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी कुछ छोटी दूरी की यात्रा भी आज आप लोग कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग भगवान भोलेनाथ पर दूध में काला तिल डाल करके ओम जुम सन्त्र से अभिषेक करिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा पांच सिंह राशि के जातकों जी हां जिनको यदि आपने धन दिया है तो बकाया वसूली के प्रयास आज आपके सफल रहेंगे व्यावसायिक यात्राएं आज आपकी सफल रहेंगी पराक्रम में वृद्धि होगी आज आपकी इनकम बढ़ेगी घर बाहर खुशी और प्रसन्नता रहेगी अपने व्यसनों पर आज आपको नियंत्रण करने के सितारे सलाह दे रहे हैं व्यापार में कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करें आर्थिक स्थिति आज आपकी मध्यम रहेगी लेकिन को आज जीवन साथी से आपको बहुत उत्तम उपाय क्या है पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज आप लोग अदरक वाली चाय अपने कार्यक्षेत्र पर किसी अपने कर्मचारियों को आप लोग जरूर पिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेंगे ये रहेंगे तीन सिंह के बाद जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि पर जो जी हाँ नए अनुबंध आज साइन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोई भूमि का आज आपको जो है अधिकार प्राप्त होता हुआ दिख रहा है निवेश व नौकरी में आपको मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे किसी झगड़े झंझट में न पड़े तो बेहतर रहेगा आज आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे कार्यस्थल की प्रवृत्ति में यथार्थता व्यवहारिकता का समावेश आवश्यक रहेगा व्यापार में नई योजनाओं पर आज कार्य नहीं हो पाएंगे जीवन साथी का अपने ध्यान रखना रहेगा आज आपके धन का एक हिस्सा आपके पिता के स्वास्थ्य पर व्यय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज कोई महंगे गिफ्ट्स इत्यादि आपको प्राप्त हो सकते हैं उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग काले तिल का दान इसको आपको किसी गरीब को करना रहेगा साथ ही साथ किसी विकलांग को आज आपको पका हुआ मीठा भोजन खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार लिब्रा तुला राशि जी हाँ ढैया स्टार्ट हो चुकी है तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी राजकीय बाधा दूर होगी वरिष्ठ जन सहयोग करेंगे स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा बुद्धि एवं तर्क से कार्य में सफलता के योग बन रहे हैं आज आपकी यात्राएँ कष्टप्रद हो सकती है अतः उसका परिणाम उसका जो है परित्याग कर दें मतलब यात्राओं को कैंसिल कर दें व्यापार आपका लाभप्रद रहेगा विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति आज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज पीपल के वृक्ष पर आपको जलार्पण करना रहेगा साथ ही साथ लोहे से बनी हुई कोई वस्तुओं का दान धर्म स्थान पर आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि चैन की सा ले लीजिए वृश्चिक रास के जात को क्योंकि शनि की साढ़े साथी अब आपकी उतर चुकी है जो भी समय आपका खराब चल रहा था अब आपके अनुकूल रहेगा वाहन मशीनरी से रिलेटेड आपको कोई सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और लेन देन में सावधानी रखिएगा व्यर्थ के बाद विवाद मत करिएगा दांपत्य जीवन आपका सुखद रहेगा सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के योग आज आपके आएंगे कार्य पद्धति में विश्वसनीयता आज आपको बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं अपने ऑफिस की बात लीक मत करिएगा लंबी दूरी की यात्राओं का भी योग है उपाय पर करना क्या रहेगा तो दशरथ के शनि स्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज कुत्ते को कौए को और गाय को पका हुआ जो है आप भोजन या मीठा चावल आप लोग खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक राशि के प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी आज आपके राजकीय काम बनेंगे, व्यवसाय ठीक चलेगा लेकिन आज संतान पक्ष को लेकर के कुछ चिंता रहेगी जोखिम मत उठाइएगा संतान से मदद मिलेगी आर्थिक स्थिति में प्रगति की काफी अधिक संभावना है अचानक धन प्राप्ति के योग हैं क्रोध एवं उत्तेजना पर आज आपको सितारे संयम रखने की सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के बाद विवाद हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का आप लोग पाठ करिए और घर से निकलने से पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके तब निकलिएगा एक 108 बार शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तो कैप्लीकॉन मकर राशि तो शनि चंद्रमा और सूर्य के जो ये योग बन रहे हैं तो संपत्ति के कार्य में आज बाधा आएगी परीक्षा व साक्षात्कार आदि में आपको सफलता मिलेगी मन में प्रसन्नता रहेगी लेकिन आज घर में किसी नए मेहमान का भी आगमन संभव रहेगा आज आपके धन का एक हिस्सा दवाओं पर खर्च होगा समाज में आज आपका दायरा बढ़ेगा लेकिन आज वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा आजीविका में कोई नवीन प्रस्ताव मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परिवार की समस्याओं को अनदेखा मत करिएगा अन्यथा परिवार में तू तूमय रहेगा किसी बात को लेकर के कुछ आप डिप्रेशन के आज शिकार हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए सबसे पहले तो वाहन सावधानी पूर्वक आप लोग चलाइए साथ ही साथ आज आप लोग गाय को Uh, कुछ पका हुआ भोजन जरूर खिलाई जैसे रोटी हो गया या दाल चावल हो गया जो भी पका हुआ भोजन हो ये आज, आज आपको गाय को जरूर खिलाना रहेगा और दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का आप लोग पाठ कीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ कुंभ एक्वायर्स तो कुंभ राशि के जात किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा रचनात्मक कार्य आज आपके सफल रहेंगे इसके साथ साथ आज आपका व्यवसाय ठीक चलेगा कामकाज में धैर्य रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है लेकिन धन का एक हिस्सा आज आपका अधिक खर्च होगा किसी को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट इत्यादि आज आप लोग दे सकते हैं आज आपके दोस्तों में आपका वर्चस्व वगैरह बढ़ेगा अपने स्वास्थ्य की ओर आज, आज आपको विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए दर्शकों आज के दिन चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके हनुमान जी को जो है आपको लेप लगाना रहेगा साथ ही साथ आज सुंदर का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर आगे बढ़े लेकिन दर्शकों फटाफट आप लोगों से उम्मीद है इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि के जात को दूसरों से अपेक्षा मत करिएगा आज यात्राओं का योग बनना, चिंता तथा तनाव रहेगा थकान रहेगी जोखिम विवाद से बचना रहेगा लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं राजकीय सहयोग मिलेगा एवं इस क्षेत्र के व्यक्तियों से आज आपके संबंध बढ़ेंगे विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपका व्यापार व व्यवसाय अच्छा चलेगा लेकिन आज आपको अपनी वाड़ी पर सितारे संयम रखने की सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान आपको देना रहेगा और धर्म स्थल पर जाकर के आपको थोड़ा सा श्रमदान करना होगा सफाई करनी रहेगी केसर का तिलक मस्तक जिब्भा नाभी पर आप लोग जरूर लगाएं शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए अगर हमारा ये राशिफल का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं वार्षिक राशिफल आप हमारा देख सकते हैं चैनल पर पड़ चुका है चैनल पर जा करके विजिट करिए प्रेम राशिफल कैरियर राशिफल आर्थिक राशिफल सभी कुछ इस चैनल पर पड़ा हुआ है बस आप लोग जा करके एक बार देखिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय श्री राम